परासिया में ग्रामीणों ने उपयंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है ग्रामीणों का आरोप है कि उपयंत्री टीसी कनेक्शन के लिए पैसे की मांग करते हैं ग्रामीणों ने उपयंत्री को हटाने की मांग की है। परासिया के नागरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने छिंदी रेंज के उपयंत्री संदीप कोठारे का विरोध जताया है ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग के उपयंत्री टीसी कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग करते हैं रसीद मांगने पर रसीद भी नहीं दी जाती है ग्रामीणों ने उप संदीप कोठारे को हटाने की मांग की है